नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है वार्षिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है कि कुंभ राशि के जातकों का वर्षफल 2020 कैसा रहेगा 2020 को प्रभावी बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम उपाय कौन कौन से हैं और इस राशिफल के माध्यम से दर्शकों हम आपको बताना चाहेंगे कि कुल मिलाकर के आठ बिंदुओं पर ये राशिफल हमने तैयार किया है वो आठ बिंदु कौन कौन से हैं तो सबसे पहले कुंभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति क्या रहेगी उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा कार्य कैसा रहेगा एजुकेशन कैसी रहेगी पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा प्रेम संबंध कैसा रहेगा और अंत में दिव्य उपाय बताते हुए साल 2020 को प्रभावी बनाने वाले उपाय भाग्यवर्धक उपाय बताते हुए इस प्रोग्राम का हम समापन करेंगे लेकिन दर्शकों यदि अभी तक आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक और हमें फॉलो जरूर कीजिए राशिफल दो के अनुसार नव वर्ष आपके लिए क्या कुछ ले करके आने वाला है क्या आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा आपके मन में ये अच्छे प्रश्न होगा क्या बिछड़ा हुआ साथी आपको मिलेगा दो में ये भी आपके मन में एक प्रश्न होगा आपके मन में प्रश्न होगा कि नए साल में हम कब करें नई शुरुआत किस्मत कब देगी कुंभ राशि वालों का साथ कब बिगड़ेंगे हालात तो अक्सर दर्शकों जैसे जैसे नया साल आता है नज़दीक आता है उससे हमारी उम्मीदें भी जुड़ जाती हैं बीत जो साल बीत रहा होता है उसमें काम कुछ अधूरे छूट जाते हैं उनके पूरे होने की उम्मीदें हम लोग जो है पाले बैठते हैं जो रिश्ते बिगड़ते हैं उनको सोचते हैं कि पटरी पर लौटें जो दिल के करीब थे वो बिछड़ चुके हैं उनसे मिलने की उम्मीद करते हैं कैरियर में कुछ सोचते हैं प्रमोशंस वगैरह हो जाए कोई नया मुकाम हासिल हो सफलता का एक नया आयाम छूने की उम्मीद कुल मिलाकर के हम लोग बहुत उत्सुक रहते हैं अपना भविष्य जानने के लिए इन्हीं सब बिंदुओं पर हमने तैयार किया है कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष साल तो कुंभ राशि के जातकों को साल दो में हर क्षेत्र में जो है कुछ बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे कदम कदम पर जहाँ आप चुनौतियों का सामना करेंगे वहीं पर आपके शत्रु आपसे परास्त होते हुए नजर आएंगे यदि आप अपनी 24 2020 को आपकी ही स्थित रहेगा इस परिवर्तन से दर्शकों एक चीज तो साफ हो गई है कि इस वर्ष आपको देश विदेश की काफी यात्राएं करनी पड़ेगी और आप आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास भी करेंगे करियर और शिक्षा के क्षेत्र में आपको मन मुताबिक परिणाम मिलने की पूर्ण रूप से यहाँ पर उम्मीद है जबकि आर्थिक स्थिति थोड़ी सी अव्यवस्थित रहेगी चूँकि जो, जो द्वादश का शनि होता है और द्वादश स्थान जो होता है ये खर्च का होता है तो पैसे आपके बहुत खर्च होंगे सत्ताईस दिसंबर से साल के अंत यानी कि इकतीस दिसंबर तक आपकी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है चार दिनों के लिए इस दौरान आपको कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएँ होने का खतरा है तो आइए जानते हैं इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों को क्षेत्र में कैसा काम करेंगे और क्या करेंगे जो है आपके सितारे इस साल कितने बुलंद रहेंगे तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता ही आता है, करियर। बहुत, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है करियर। तो करियर के लिहाज से आपके सितारे यही बोलते हैं कि कैरियर में आगे बढ़ने के लिए आपको काफी हाथ पैर मारने पड़ेंगे लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं जिन लोगों को शिकायत थी कि हम मेहनत करते हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं उनकी शिकायत इस साल दूर होती हुई नजर आएगी नौकरी करने वाले को अच्छे रिजल्ट मिलने के योग बन रहे हैं जो कोई साझेदारी में बिजनेस करते हैं वो अपने पार्टनर पर आंख मूंद करके भरोसा ना करें तो बेहतर रहेगा हालांकि जनवरी से 30 मार्च और 30 जून से 20 नवंबर के बीच का समय बिजनेस करने वालों के लिए अच्छा रहेगा यह वक्त जो रहेगा निवेश की दृष्टि से सर्वथा शुभ रहेगा ऑफिस का तनाव घर की पारिवारिक स्थिति को बिगाड़ सकता है इसलिए ऑफिस का तनाव आप लोग ऑफिस में ही रखे आएँ इसलिए ऑफिस की कोई बात घर पर ना बताएं खास करके अपने जीवन साथी के साथ तो बिल्कुल भी मत साझा करिएगा जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच आप ऑफिस के काम के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उसमें जरा सी भी लापरवाही मत बरतिएगा, अन्यथा आपकी नौकरी को खतरा हो सकता है अप्रैल के महीने में स्थान परिवर्तन का योग हो रहा प्रमोशंस के योग बन रहे हैं कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ लोगों की बुराई करना या आप लोग गपसप जो लड़ाते हैं ये जोखिम भरा हो सकता है के अंत में बॉस आपके काम से खुश होंगे और इस वक्त आपकी पदोन्नति भी हो सकती है चलिए दर्शकों कुंभ राशि के जातकों आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी 2020 में आर्थिक राशिफल क्या कहता है तो कुंभ राशि के जातकों को हम अभी से ही आगाह कर रहे हैं कि साल 2020 में किसी भी क्षेत्र में बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरीके से सोच विचार लीजिएगा तब करिएगा और जानकारों की मदद लीजिएगा अन्यथा आपकी राशि में राहू के विराजमान होने से साफ ये दिखाई पड़ रहा है कि इस वर्ष आपको को कोई बहुत बड़ी हानि हो सकती है नौकरी में उतार चढ़ाव के चलते आपकी आर्थिक स्थिति चरमरा सकती है साल की शुरुआत से ही आपके खर्चे बढ़ेंगे और बच्चों की पढ़ाई और एडमिशन को लेकर इस वर्ष आपको अच्छी खासी चपत लगने वाली है राहु की दृष्टि आपके लिए समझ लीजिए कि आग लगाने का काम करेगी मार्च के बाद आपकी स्थिति में थोड़ा बदलाव आएगा 30 मार्च से 30 जून के बीच देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपके बारहवें भाव में होने से आपके पास आय के स्त्रोत बढ़ेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी किसी परिचित को कर्ज देने से पहले विचार विमर्श कर लीजिए इस वर्ष आपकी आय नियमित रहेगी लेकिन आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे किसी करीब मित्र से सालों बाद मुलाकात होगी और उसके साथ मिलकर आप किसी नए काम की शुरुआत करेंगे लेकिन यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई बिजनेस की आप शुरुआत करिए, करिए, करिए, उसको लिखा पढ़ी में कोई एग्रीमेंट करा लीजिए, उसके बात किसी को आपको उधार नहीं देना अगर आपने उधार दे दिया तो आपके पैसे फंस जाएंगे यदि कोई मांगता भी है तो अकाउंट अकाउंट आप लोग ट्रांजैक्शन करिए चलिए हमारा जो अगला पॉइंट आता, आता है शिक्षा एजुकेशन कैसी रहेगी तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कुंभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष काफ़ी अनुकूल रहेगा पढ़ाई के प्रति आकर्षण महसूस करने के साथ ही आप शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं और फिर से नई शुरुआत एक करना चाहते हैं उनके लिए साल 2020 शुभ रहने वाला है साल की शुरुआत में ही आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई नया कदम रखेंगे हालांकि सितंबर का जो समय रहेगा राहू का गोचर पंचम भाव में रहने से शिक्षा के क्षेत्र में आपको जो है कई रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है किसी करीबी मित्र के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा आप महसूस करेंगे जो कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर इंजीनियर फाइनेंस से रिलेटेड मीडिया जगत से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड पढ़ाई कर रहा है उनके लिए ये छा जो है मतलब उन छात्रों के लिए ये जो साल रहेगा विशेष रूप से फलदायी सिद्ध होगा दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थी शिक्षा में शॉर्टकट अपनाने से बचे अन्यथा निराशा हाथ लगेगी इस साल एजुकेशन के मामले में जो छात्र बाहर जाना चाहते हैं वो बाहर जा सकते हैं विदेश जाने के योग बन रहे हैं पारिवारिक जीवन पर आते हैं कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन तो कुंभ राशि वालों का साल 2020 में पारिवारिक जीवन काफ़ी अनुकूल रहेगा जीवन साथी को इस साल आप से न सिर्फ पर्सनल बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी साथ मिलता हुआ दिख रहा है परिवार में जमीनी मामले को लेकर के लंबे समय से चला आ रहा विवाद इस वर्ष खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है विवाहित लोगों को साल की शुरुआत में ससुराल में बहुत ज़्यादा प्यार और मान सम्मान मिलेगा किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले आपकी राय को जरूरी समझा जाएगा अगर आपके घर में कुछ हो रहा है साल का मध्य थोड़ा चुनौतीपूर्ण भरा रहेगा काम की व्यवस्था के चलते आप परिवार के साथ वक्त नहीं बिता पाएंगे जिसके चलते तनाव और छोटा मोटा बात विवाद हो सकता है इस साल बड़े भाई के साथ आपके संबंध कुछ बिगड़ सकते हैं यदि पैसों को लेकर के कोई बात हो तो अपनी वाड़ी पर आपको संयम बरतना रहेगा कार्य क्षेत्र में भी स्वस्थ शब्दों का इस्तेमाल करना रहेगा मध्य सितंबर के बाद राहू का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने से पारिवारिक शांति में कुछ ग्रहण लग सकता है जी हाँ इस दौरान आप अपने घर में कुछ मांगलिक कार्यों को जो है संपन्न करते हुए नजर आएंगे कोई पूजा पाठ हवन इत्यादि कथा इत्यादि हो सकती है साल के अंत में आप नया घर या गाड़ी भी देखिए खरीद सकते हैं प्रेम संबंधों पर आते हैं तो कि प्रेम संबंध बहुत महत्वपूर्ण है तो इस साल आपके प्रेमी जो है प्रेम संबंध में काफी उतार चढ़ाव आने की संभावना है वहीं साल की शुरुआत से ही आपका रिश्ता कुछ गलतफहमी का शिकार हो सकता है आप अपने पार्टनर पर शक सक कर सकते हैं किसी करीबी दोस्त या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से रिश्तों में दरार पड़ना तय है इससे इनकार नहीं किया जा सकता इसलिए जरूरी है कि आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखिए वो कहते हैं ना रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए तो एक बार यदि गाँट पड़ जाएगी तो आप लोग चाहे जितना सच बोलिए कुछ होने वाला नहीं है तो कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है विश्वास करिए और जो भी बातें हैं आपस में शेयर करिए कोई वैवाहिक जीवन में की यदि हम बात करें तो आपको बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा जीवन साथी के साथ किसी लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं इस साल शादी की सालगिरह पर पार्टनर को आप कोई गोल्ड से रिलेटेड ज्वेलरी या प्लेटिनम से रिलेटेड ज्वेलरी इत्यादि गिफ्ट कर सकते हैं आपके रिश्तों में नजदीकियां आएंगी साथ ही आप लोगों का प्यार भी बढ़ेगा बच्चों की ओर से ये साल आपके लिए थोड़ा सा निराशापूर्ण रहेगा बच्चे आपकी बात काटने के साथ ही गलत संगत का शिकार हो सकते हैं और धूम्रपान इत्यादि कर सकते हैं आपको बराबर जवाब दे सकते हैं पढ़ाई को लेकर बच्चे आपके बोरियत महसूस करेंगे जिसकी वजह से अच्छे परिणाम उनके नहीं आएंगे साल के अंत में बच्चों को आप लोग हो सकता है कि कहीं बाहर बोर्डिंग स्कूल इत्यादि में आप लोग डाल सकते हैं उनके बेहतर जो है भविष्य के लिए कोई बहुत बड़ा आप लोग निवेश कर सकते हैं हेल्थ की ओर चलते हैं स्वास्थ्य की ओर स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है हेल्थ इज वेल्थ तो कुंभ राशि के जातकों इस साल आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है यदि किसी यात्रा पर जाएं तो अपनी सेहत की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लें यदि आप अस्तमा के मरीज हैं तो अपना इन्हेलर साथ में रखिए और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई शिकायत इस साल आपको हो सकती है वहीं ज़्यादा तनाव मत लीजिएगा अन्यथा हार्ट से रिलेटेड भी कोई दिक्कत आएगी ये साल स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला नहीं है इस साल आपके बच्चे आपके स्वास्थ्य के प्रति काफी गंभीर रहेंगे फरवरी से मई के बीच आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा तनाव के चलते आप किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं डिप्रेशन में आप रहेंगे बाहर के खाने को नद, नजर नज़रअंदाज करें नहीं तो फूड प्वाइजनिंग इत्यादि भी हो सकती है अत्यधिक तलाबुना अथवा वसा युक्त तो भोजन ना करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा एक बात और बताना चाहेंगे देखिए दर्शकों ये तो राशिफल मतलब कुंभ राशि का है तो करोड़ों लोगों की कुंभ राशि होगी आपकी पर्टिकुलर राशि के हिसाब से लग्न के हिसाब से उपाय क्या होंगे आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अपॉइंटमेंट लेकर के करवा सकते हैं और अब जो हम उपाय बताने जा रहे हैं लेकिन इससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि उपाय आपको ही करने होंगे जो भी यूट्यूब पर पंडित जी लोग उपाय कराते हैं पूजा पाठ के नाम पर धन ऐठते हैं ऐसे धोखेबाज पंडित लोगों से सावधान रहिएगा जो लोग आपकी काल सब अपने यहाँ बैठ के शांत करा दें आप घर पे रहें ऐसा कुछ नहीं होता काल सर दोस्त होता ही नहीं है फिर भी तमाम लोग हैं जो इस तरीके से जो है चीज़ें करते हैं आप यहाँ बैठे हैं हजार दो हज़ार किलोमीटर दूर पंडित जी बैठे हैं और वो आपकी पूरी ग्रह शांति करवा देंगे सूर्य से ले करके केतु तक की वो सभी सारे ग्रह शांत करवा देंगे तो ये सब झूठ बोलते हैं मक्कार है ऐसे लोगों से आपको बचना रहेगा बेहतर यह रहेगा कि आप लोग खुद उपाय करिए खुद दवा खाइए तो ज्यादा ठीक रहेगी पंडित जी दवा खाएंगे तो असर पंडित जी को ही होगा आपको नहीं होगा तो वर्षफल 2020 को प्रभावी बनाने के लिए क्या ऐसे दिव्यतम से दिव्यतम उपाय हैं जिनको करके कुंभ राशि के जातक सौभाग्य में वृद्धि कर सकते हैं फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए चूंकि मंगलवार और शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का आपको पाठ करना ही करना होगा इसके कारण हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर बनेगी पालक जानते होंगे पालक ले लीजिएगा और शनिवार को सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में दो तीन गड्डी जो भी पालक हो इसको ले लीजिए और महीने में कम से कम दो शनिवार तो करिए ही पालक पर काला नमक छिड़क जो है छिड़क दीजिए डाल दीजिए और काली गाय को जरूर आप लोग खिलाइए सूर्य देव को नित्य अर्घ देना रहेगा, आदित्य हृदय का पाठ करना होगा जो सूर्य की रोशनी है उसको आपको करना रहेगा। जो भी आपकी बीमारी आने वाली होगी तो सूर्य की रोशनी से ही आपकी आधी बीमारी तो खत्म हो जाएगी। गुरुवार को महीने में दो बार गाय को बेसन से बनी हुई लड्डू और चने से बनी हुई दाल आप लोग खिला सकते हैं देखिए दर्शकों संडे के दिन कोशिश कीजिएगा कि सनराइज टू सनसेट सूर्योदय से सूर्यास्त तक आपको किसी भी प्रकार नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है मंगलवार वाले दिन वर्ष में एक बार हनुमान जी को लाल चोला आप लोग जरूर चढ़ाइए प्रातःकाल जब भी उठते हैं दोनों हथेलियों को देखिए क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर सरस्वती कर तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम तो अपने कर कर मतलब होता है हथेली हथेलियों के आप लोग दर्शन करिए नित्य सुबह उठ करके और बाकी जो उपाय हैं दर्शकों ये आपकी कुंडली देख करके रत्नों का चयन हो गया रुद्राक्ष का चाहे चयन हो गया चाहे मंत्रों का चयन हो गया ये सभी चीज़ें जो हैं ये हम आपको बताएंगे आपकी कुंडली देख करके ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए हमारा ये राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं या पुराने भी हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर किए हैं तो अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करिए और बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए हमारी सारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक पहुंचे और आपके ज्ञान का अर्जन कर सकें या आपसे हम कुछ सीख सकें इसके लिए बेल आइकन का दबाना बहुत ज़रूरी है हमारे फेसबुक पेज को आप लोग लाइक कीजिए हमें फॉलो कीजिए हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम तमाम अन्य जो है प्लेटफॉर्म पर आप लोग कर सकते हैं फॉलो और नववर्ष की मंगलमय शुभकामनाओं के साथ कुंभ राशि के जातकों को हम छोड़े जाते हैं दीजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार